सिद्धिगंज में फरार वारंटियों की धरपकड़ की जा रही है पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के निर्देश का पालन करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जो फरार चल रहे थे पुलिस अधीक्षक के निर्देश का पालन करते हुए पुलिस की टीम ने विभिन्न जगहों से घेराबंदी कर न्यायालय के आदेश पर तीन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया ये चेक बाउंस और बिजली चोरी के प्रकरण में न्यायालय से फरार चल रहे थे ये आरोपी कई बार न्यायालय के सूचना देने के बाद भी उपस्थिति नहीं हुए जिसके बाद इनका गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया आप देख रहे हैं दखल न्यूज